कि को बचो नैया विधि के विधान से चाहे चलियो कितनों कोनो बचो नैया विधि के विधान से चाहे चलियो कितने अरे विधि के विधान से तो, तो बेच बेनी बच पाए जितना विधान लगे जितने विधान लिखे बेरी बच पाए विधि के विधान से बिधान सुनो की तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें सुना है पचो नहीं आ विधि के विधान से चाहे चलियो कितने माता बने आ रही है संसार काजल की कुठिया है संत महात्मा भी नहीं बच पाए इस मानवी नजी ने कलंक नहीं लगा हुए इसे तो लाएन आगी। लाएन आगी। निकल जाओ इसे कह रहे माता बहने आप लोग निकल जाओ जल्दी जा, निकल जाओ आराम से कार्यक्रम लाइन को शब्द इतनो कीमती है इसे हम कहते हैं शांति से सुनो जिनने विधान रचे बेनी बच पाए और जो विधान रचे में शामिल रहे बेनी बच पाए और जो भगवान कुआर की धरती पे बेनी बच पाए कितने से चले हुए जैसे सती दक्ष के यज्ञ समानी पहली बार शंकर जी का नहीं कर सकते अजर अमर है अविनाशी तो है, है।, नासी नहीं है हो हो हो हो नासी लेकिन कछ नहीं कर पाए सती दक्ष के यज्ञ समानी दूसरी बात भूमि हिरानी सिया भवानी भगवान राम की अर्धांगनी राहुल की भानजन हर्षित भूमि आपकी ओर से क्या बड़ो प्याय है बहुत बहुत धन्यवाद बार-बार सभी के के लिए सबकी सब कि आप लोग देखिए और सती दक्ष यज्ञ समानी भूमि सिया भवानी राजा नल की गई जिन्हें हम भगवान मान बेई भगवान लो ने बदलो भगवान से तो बहेरिया ने बदलो भगवान से चाहे चलियो कितने कई लोग तो संसार में ऐसे भी भोग गए जिनकी कोई गलती, गलती नहीं होती जिनकी कोई गलती नहीं होती लेकिन विधि के विधान से नहीं बची जैसे, जैसे।, जैसे। सरमन गौ नाहक में मारो का गलती है श्रवण कुमार की माता पिता की सेवा करी पानी ले भी गए लेकिन विधि को विधान है सरमन गौ नाहक में मारो से रामादल हारो जिन्ने लब सरमन गौ नाहक में मारो लब से रामादल हारो जिन्ने करण पीर संघारो बे भील हारे ना ओ धन से भीलन लूपी लूटी गोपी बे बेई अर्जुन बेईवान जो है विधि को विधान जिनके मूड़ पे भगवान को हाथ धरे तो उनकी हैं भाई भील हारे ना ओई जेगत से चाहे चलियो कितने भैया विश्वनाथ जी मा नैया ब्रजेंद्र विश्वकर्मा खर का आपकी ओर आप से, से एक सौ एक, तो एक रुपए की मुद्रा आई है भैया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुभकामना हारे न एलएल दर्शन भूदौर पास जिला में कितनी अच्छी लाइन लिखी भैया भैया भैया भैया भैया कितने लाइनें दर्शन में बहुत बहुत नहीं लड़का की लाइन बड़ी विचित्र लेखनी है अलग से हट के लिखक अंतिम लाइन लिखी राजा भरो के राजा भरोटों भरोामा घर पानी। आई, आई सुदामा, सुदामा गिरानी दर्शन कीने की की, की की जानी भगवान भगवान राम कन्हैया कन्हैया के दोस्त सुदामा जी मान सक पे गिरानी आए लेकिन आई और एक से एक रुपया भैया मेहरबान जी विश्वकर्मा साउंड सर्विस शक्ति भैरों आपकी ओर से आए बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना बढ़िया साउंड बजा रहे आप धन्यवाद राजा पानी आई सुदामा घर है गिरानी दर्शन कीने की की जानी सु है त्यागी दे है दन्वाद दन्वाद त्यागी हर दौलान से कि है त्यागी ने पान से चाहे चलियो कितने स्यान से। और मुखड़ा की लाल कह से आई थी राहुल रावला वाले ने गाई एक वो श्रीलाल है रावला में गाई तो रावल आवार के दिमाग में भी कैसी बात आई श्री लाल किला ने बहुत बहुत शुभकामना है और अंतरा की लाइन लिखी भैया एलएल दर्शन ने बार बार शुभकामना बहुत बहुत, बहुत शुभकामना चाहे चलियो चाहे चलियो कितना चलो चाहे चलिए